रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय में पदस्थ स्टेनो को बारह हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है लोकायुक्त की की पुलिस ने घूसखोर को रंगे हाथों पकड़ा लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के बाद धीरेन्द्र सिंह तोमर स्टेनो रजिस्ट्री कार्यालय रीवा को बारह हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा उसके खिलाफ शिकायत करता दीपक पांडे ने कुछ दिन पहले रीवा लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी पीड़ित का आरोप है कि जून 2021 में उसने अपनी मां और मौसी के नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए सॉल बुक कराया था लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्री नहीं हो पाई ऐसे में अपना एक लाख बीस हजार रुपया पाने के लिए वो रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काट रहा था तब डीआर ने उसे स्टेनो से मिलने के लिए बोला और स्टेनो ने घूस की मांग की जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त डी प्रवीण सिंह परिहार के मार्गदर्शन में निरीक्षक जियाउल हक वाली टीम ने रिश्वतखोर को रंगी हाथों पकड़ लिया। तो मामला ऐसा है कि फरियादी दीपक पांडे, गुलाब नगर वाले हैं। इनकी कुछ रजिस्ट्री होने नेतृत्व का जिला पंजीयत के धीरेन्द्र एक दो बार बात की बात तय हुई कितना देने के बाद आपका काम किया जाएगा विराज रुपए लेते हैं उनको ट्रैक किया जाए कार्यालय संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आपके हक